नमस्कार दोस्तों आज हम साइटिका पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे वीडियो को देखते रहिए किस तरीके से करते हैं किस तरीके से नहीं करते हैं पूरा वीडियो को देखते रहिए वीडियो को शेयर करें लाइक करें और हमें सपोर्ट करें थैंक यू ये हमने इनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया है इनको साइटिका पेशेंट है ये इस तरीके से हम जिस पैर में इनको दर्द आता है उस पैर में हम कायर करते हैं ये इस तरीके से इस तरीके से करते हैं। फिर इनको जहाँ जहाँ पे दर्द आता है उसी जगह पे हम इनको फिर करते हैं जिस जगह जिस जगह पे इनको दर्द आता है उसी जगह पर हमें जमा करते हैं। एक तो इनको कमर दर्द में सेंटर पॉइंट में हम इनको, इनको जमा करेंगे और एक ये हम इनको बीच देंगे जमा करते समय ध्यान रखें पेशेंट को शुगर बी पी चेक कर ले अगर शुगर रहे तो उसको शुगर लेवल में होने के बाद ही जमा करें नहीं तो ना करें ये जमा इस तरीके से होती है और इन दो थेरेपी को एक तो कायोपराटिक और एक हिजामा थेरेपी से इनको साइटिका पेशेंट को बहुत अच्छा आराम मिलता है बहुत ही अच्छा बोले तो बहुत ही अच्छा आराम मिलता है हमने इन पेशेंट को ठीक जगह पर जमा किए और इनका फीडबैक बहुत अच्छा आया इस तरीके से पूरा वीडियो को देखते रहिए वीडियो को शेयर करें लाइक करें ये तीनों जगह पर अच्छे से एग्जाम हो रही है थैंक दोस्तों